परासिया में नल कनेक्शन काटे जाने से जनता नाराज है इसको लेकर भाजपा नेता बल्लू नागी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नल कनेक्शन काटे जाने का विरोध किया और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा कनेक्शन काटे जाने के विरोध में परासिया नगरपालिका में भाजपा नेता बल्लू नागी ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर में रैली निकाली बल्लू नागी ने बताया कि परासिया नगरपालिका द्वारा लगातार लोगों के नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गर्मी में इस क्षेत्र की जनता पानी के लिए परेशान हो जाती है नगरपालिका अवैध कनेक्शन को नोटिस देकर वैध करे ताकि जनता को राहत मिल सके आज नगर के पार्षदों के द्वारा और क्षेत्र की जनता के द्वारा यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है अनुभागी दंडाधिकारी महोदय को कि नगरपालिका परासिया के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक नलों को काटा जा रहा है सार्वजनिक नल की परंपरा पिछले साठ सालों से परासिया की रही है और इन परंपराओं को तोड़ते हुए नगरपालिका प्रशासन अपने मन की मर्जी कर रही है बिना किसी पूर्व सूचना के वह सार्वजनिक नल काट रही है जिससे आने वाली गर्मी में भीषण जल संकल्प पैदा हो सकता है यदि उन्हें नल काटना है और उन सार्वजनिक नलों को वो व्यक्तिगत करवाना चाहते हैं उनसे व्यक्तिगत फीस लेकर उसको रजिस्टर करना चाहते हैं नगर पालिका में तो उन्हें पहले पूर्व सूचना देनी होगी छह महीने साल भर का समय कम से कम आठ महीने का समय क्षेत्रीय जनता को दिया जाए ताकि वे अपने अपने नल अपने अपने घरों में करने पिछले दो दिनों में चालीस नल नगर पालिका प्रशासन काट चुका है आज भी नगर प्रशासन वार्ड नंबर आठ में नल काट रहा था मैंने स्वयं जाकर वहां पर उस कार्रवाई को रुकवाया और इस तरह की कार्रवाई हम लोग नहीं होने देंगे और दो दिन का समय हम प्रशासन को देते हैं। है तो दो दिन के भीतर तो ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो इसके पश्चात नगरपालिका के सामने चक्का जाम किया जाएगा और नगरपालिका पालिका कार्यालय का घेराव का किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जानकारी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की हो संगीत किस्हरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक